आप सभी को मेरा प्रणाम हर्बल रेमिडीज एंड नेचुरल स्ट्रीजन में आपका स्वागत है मित्रों आज विष्णु कांता, लक्ष्मी कांता, अपराजिता क्लीटोरिया टर्नाटिया सभी इसी बेल के नाम हैं और ये जो क्लाइंबर आप देख रहे हैं ये विशेष गुणकारी है मित्रों लक्ष्मी कांता संभवतः इसलिए कहते होंगे कि ये सैकड़ों बीमारियों में उपयोग में आता है और हमारी हेल्थ को रिस्टोर करता है और हमारे धन के संचय को बढ़ाता है इस प्रकार से इसको हम लक्ष्मीकांता या विष्णुकांता पराजिता कहते हैं शरीर के डिफरेंट सिस्टम्स में अगर मैं बात करूं नर्वस सिस्टम की रेस्पाइटरी सिस्टम की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम इन सब के सर्कुलेट्री सिस्टम इन सब सबके रिस्टोरेशन के लिए इन सब के रेमीडिएशन के लिए इन सबके रोगों के निराकरण के लिए इसका हम उपयोग करते हैं मित्रों इसके सभी प्लांट पार्ट, इसके सुंदर दिखने वाले पर्पल कलर के फूल इसके पत्तरों का जूस इसकी ये जो सॉफ्ट आप इसकी जो स्टेम देख रहे हैं टेंड्रिल और स्टेम दोनों औषधीय गुणों के लिए इसकी रूट सभी उपयोग में आती है साथियों अगर नर्वस सिस्टम से संबंधित डिसऑर्डर्स हैं तो आप इसकी रूट्स का डिकॉक्शन बनाकर सेवन कीजिए तीन ग्राम रूट का डिकॉक्शन आप बनाइए 200 मिलीलीटर पानी के अंदर और उसमें शहद मिलाकर सेवन कीजिए विभिन्न प्रकार के जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर हैं जैसे कि पागलपन इंसैनिटी की समस्या है या हार्मोन्स के चेंज होने के कारण मेस्ट्रल डिस्टरबेंस की समस्या है को भी ये दूर करता है इसके सुंदर फूल का अगर आप फांड का सेवन करते हैं तो वो ब्रोंकाइटिस और अस्थमा की समस्या को दूर करते हुए आपके लंग्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है इसके पत्र के जूस का अगर आप सेवन करते हैं तो पेट के अंदर विभिन्न प्रकार के जो कीड़े होते हैं जो गैस्ट्रिक डिस्टरबेंस कॉज करते हैं उनको ये दूर करता है एंटी पैरासाइटिक एक्टिविटी भी इस प्लांट के सुंदर लीव्स के जूस की होती है आप उसको यूज़ कर सकते हैं इस प्लांट का उपयोग आप लग्जेटिव प्रॉपर्टीज़ के लिए भी कर सकते हैं क्योंकि ये प्लांट फैबेसी का मेम्बर है इसके अंदर नंबर ऑफ़ केमिकल एल्क्ड्स कम्पाउंड जिसमें कि एल्क्इड्स ग्लाइकोसाइड्स फिनोलिक टिनोलिक कम्पाउंड क्लोबेटेनिन एंटीफ्लामेटरी एक्टिविटी के लिए एनालैसिक एक्टिविटी के लिए बुखार को उतारने के लिए न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ये प्लांट अमिनोगोक का भी कार्य करता है फीमेल हारमोन को रेगुलेट करता है मैस्ट्रोल डिसऑर्डर जितने भी हैं उन सब के रेगुलेशन करते हुए डिसमिनोरिया की मिनोरजिया की इन सब समस्याओं को दूर करता है बहुत अच्छा ही अपना प्लांट कार्य करता है मानसिक उन्माद हो डिप्रेशन की समस्या हो एनजाइटी की समस्या हो उसको भी ये प्लांट दूर करता है साथियों इसका सेवन हमें शहद मिलाकर ही करना चाहिए शहद मिलाने कर सेवन करने से इसके औषधिय गुण बढ़ जाते हैं घरों में आप इसको आसानी से लगा सकते हैं गमलों में लगा सकते हैं क्योंकि ये क्लाइंबर है तो ज़्यादा स्पेस की भी आवश्यकता नहीं है देखने में बहुत सुंदर फूल हैं शंख के जैसे इसके फूल हैं और कुछ लोग इसको शंखपुष्पी कहते हैं वर्नाकुलरली नेम के कारण तो हम इसको शंखपुष्पी कह सकते हैं लेकिन अगर टेक्सोनॉमिक आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर ना हो तो कन्फ्यूज़न हो सकता है तो इसको हम प्लेटोरिया टर्नाटिया के नाम से जानेंगे वो ज़्यादा उत्तम होगा मित्रों जितने सुंदर इसके फ्लावर्स हैं उतने ही सुंदर आपके त्वचा तो को कानती को बढ़ाने के लिए काम करता है एंटी एजिंग इस प्लांट की एक्टिविटी होने के कारण चेहरे के रिंकल्स को कम करने के लिए मुहासे और पिंपल्स को दूर करने के लिए इस प्लांट के फ्लावर्स का पेस्ट बनाकर अप्लाई कीजिए और बाद में लूकॉम वाटर से वॉश कर दीजिए एंटी एक्टिविटी होती है और रिंकल्स को ये आसानी से दूर करता है कॉस्मासोटिकल इंडस्ट्रीज़ में हर्बल कॉस्मेटिक्स इसके फ्लावर्स से तैयार किए जाते हैं जो कि बहुत अच्छा फेस के ग्लो को बढ़ाते हुए चेहरे की सुंदरता को निखारने का कार्य करता है और यह है, वात पित्त कफ तीनों के समन के में कार्य करता है रुमेटिज्म और एथरेटिक्स के समस्या के निराकरण के लिए इसके सुंदर पत्तों का डिकॉक्शन बनाकर आप सेवन कीजिए और उस डिकॉक्शन में आप शहद मिला लीजिए बहुत अच्छा ये कार्य करता है शरीर के टॉक्सेंस को रिमूव करने का भी एक प्लान कार्य करता है इसके जो लीव्स हैं इसका जूस अगर आप बनाते हैं तो वो ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए और डायबिटीज़ के निराकरण के लिए आप उपयोग कर सकते हैं फ्री रेडिकल स्कूनजिंग एक्टिविटी है लीवर को डिटोक्सीफाई करने का कार्य करता है लीवर को टॉक्सेंस को रिमूव करने का ये कार्य करता है अगर मित्रों यूरोसिस की समस्या है यूरिनोजेनाइटल सिस्टम में हमारे कहीं स्टोन की समस्या है तो उसके निराकरण के लिए भी आप इसके सुंदर फूल और कमल पत्र का डिकोक्शन बनाकर उसमें शहद मिलाकर आप सेवन कीजिए विभिन्न प्रकार के यूरोथसिस से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं तो मैं कहूँ कि शरीर के प्रत्येक वाइटल ऑर्गन जैसे कि ब्रेन लंग्स लिवर किडनीज़ इन सब के रिस्टोरेशन के लिए इन सब सबकी टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए इन सब को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए चमत्कारी ये प्लांट अपना कार्य करता है सीड के माध्यम से आप इसको अपने गमलों में लगा सकते हैं अपनी हेल्थ को आप कंजर्व कर सकते हैं जानकारी को अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए वो लोग भी औषधीय गुणों से लाभान्वित हो सकें चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको हर रोज़ एक नए प्लांट की जानकारी मिल सके इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेता हूँ तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद प्रणाम नमस्कार